कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए हम हसे जग रोए जब उठेगी तेरी डोली ससुराल के लिए जब मुठेगी तेरी डोली ससुराल के लिए तरसेगी तेरी नैना मेरे प्यार के लिए तरसेगी तेरी नैना मेरे प्यार के लिए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 जब भी ससुराल को जाना वहां अपना फर्ज निभाना जब भी ससुराल को जाना वहां अपना फर्ज निभाना वहां कोई न मारे ताना वहां कोई नमारे ताना घर बार के लिए तरसेगी तेरी नैना मेरे प्यार के लिए तरसेगी तेरी नैना मेरे प्यार के लिए वो भूमि पावन पुनीता वहा जन्म में सावित्री सीता वो भूमि पावन पुनीता वहाँ जन में सावित्री सीता वो भूमि पावन पुनीता वहा जन में सावित्री सीता रखी थी भगवत गीता रखी थी भगवत गीता चारों धाम के लिए तरसे गी तेरी नैना मेरे प्यार के लिए तेरे तेरी नैना मेरे प्यार के लिए जब उठेगी तेरी डोली जब उठेगी तेरी डोली ससुराल के लिए तर से तेरी नैना मेरे प्यार के लिए तरे चेगी तेरी नैना मेरे प्यार के लिए जब उठेगी तेरी डोली जब उठेगी तेरी डोली ससुराल के लिए तर तेरी नैना मेरे प्यार के लिए